ना? नहीं पता है क्या लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है <laughs> लेकिन तेरी हो रही है। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं था। अच्छा मैं तेरे को वहां लेके जाऊंगा चांद पे थी, अगर आप <laughs> पूछा नहीं नहीं दिन में तो निकलता तो तो। तो निकला तो, तो हुआ तो है मेरे मेरे पास ही तो है चांद ऐसी तुम मिले तो जादू छा गया तुमने तो जीना गया तुम मिले तुम मैंने पाया अच्छा यू लव पानी पूरी हाय आई एम बाइंग पानी पूरी hi i am pani, pani puri so kya dekh raha hai can you us this i love you tune hai hello i love pani puri kaise ho soni i love you too unse main hoon तेरे को पता है तेरी तेरी हाइट हाइट कम क्यों है क्योंकि तू आसानी से मेरे दिल की धड़कन सुन सके मैं सी <laughs> <कैसे का। laughs> अच्छा स्माइल <कैसे> <laughs> तो मैं हाँ हाँ, हाँ, पे जा, जाने लिए। हुँ। हुँ। के लिए ते ना, तेरे को पता जब मैं तेरे से मिलूंगा ना तो हल्दी लेके आऊँगा क्योंकि मम्मी ने कहा है कि मेरी बहू के ना हाथ पीले होने चाहिए शादी से पहले <गया> okay. तो